सोशल मीडिया पर आए दिन टाइगर्स के रोमांचित करने वाले वीडियो सामने आते हैं ऐसा ही एक वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सामने आया है जहाँ बागिन रा छलांग से पर्यटकों का दिल जीत लिया बाघिन की इस छलांग का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने और बाघों का दीदार करने रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं टाइगर रिजर्व पहुंचे पर्यटकों का दिन उस समय बन गया जब उन्हें खितौली रेंज की बागिन रॉ ने अपना दीदार कराया बाघ बड़ी ही अदा के साथ पानी में छलांग लगाती हुई जंगल की ओर निकल जाती है पर्यटकों ने इस रोमांचित दृश्य का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया इन दिनों सर्दी की धूप में अक्सर बाग मस्ती करते कैमरे में कैद हो रहे हैं वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले।, मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज